दोस्तों एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने के बारे में सोचा शहर जाकर उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम करके पैसा जमा किया और उससे अपना व्यवसाय शुरू किया दोनों का व्यवसाय चलता दो साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली व्यवसाय को चलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा अब तो मेरा व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा है और मैं तरक्की की सीधी चर्चा चले जाती लेकिन उसके इस सोच के विपरीत व्यापारी उतार चढ़ा के कारण इस साल उसको अत्यधिक हटा सहना पड़ा अब तक आसमान में उड़ता व्यक्ति अर्थात की तरह नीचे आ गिर पड़ा और उन कारणों को ढूंढने लगा जिसके वजह से उसको इस हालात का सामना करना पड़ा सबसे पहले उसने उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जिसने उसके साथ व्यवसाय शुरू किया था वह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी वह काफी मुनाफे में है उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया अगले दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका आदर संस्कार किया और आन का कारण पूछा पहले व्यक्ति ने बोला दोस्त इस बार मेरा गुस्सा बाजार का मार्ग नहीं झेल पाया बहुत बड़ा घाटा हुआ तुम भी तो इसी वेबसाइट में हो तुमने ऐसा क्या किया जो इस उतार चढ़ाव में भी तुमने इतना मुनाफा कमाया? यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला भाई मैं तो बस सीखता जाता हूँ अपनी गलतियों से भी साथ दूसरे के गलतियों से भी अगर समस्या आती है तो उससे भी सीख लेता हूँ और यही सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे आगे बढ़ाती है दूसरे व्यक्ति क्या यह बात सुनकर पहले व्यक्ति ने अपने भूल का एहसास हुआ और वह यह पढ़ा लेकर वहाँ से गया कि वह कभी सीखना नहीं छोड़ा तो दोस्तों ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना अपने हार से भी और अपने जीत से भी